ka

गुजारिश है के जो लोग दूर दराज खड़े हुए हैं बराग्रम स्वागत जोर कर गुजारिश करूंगा बराग्रम तशरीफ ले आए आगे काफी जगह है यहाँ पर आने वाले मोबिन को जगह दस्तियाब हो सके इंशाला लिहाजा देखिए जगह जगह पर असद मौजूद है आपकी मदद के लिए महबाइनी से खास तरह से गुजारिश

अपने बच्चों को अपने हंगार रखें उन्हें खामोश रखें और अब मैं गुजारिश कर रहा हूं जाकिर जनाब शमीहर साहब और उनके हमारे नशा साहब जैसे तशरीफ ले आए और बरसिया खानी के तराइ को अपना

आगे जगह है काफी उनसे भी गुजारिश है अगर आप चाहें तो इतमान से बैठ सकते हैं बैठ तो सुनेंगे आपके सवाल में उतना ही इजाफा होगा अफरा तो एक बच्चा

जिसकी उम्र तो और अपने बच्चे को करना है है, एक बार फिर जो है एक बच्चा है जिसकी उम्र चार साढ़े चार साल की है तकरीबन जो कि अपना नाम जैन बता रहा है और अपने वाल का नाम

बता रहा है मैं गुजारिश करूंगा अगर माजिद साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है या उनके अजीज व रिश्तेदार तक आवाज पहुंच रही है तो बराबर सर स्टेज की स्टेज के बाद तश्लीफ कायम करें अब मैं निहायत हूँ अदबराम के साथ मैं दरख्वास्त कर रहा हूं पहले बहुत रोक शायद मचान

को पर अपने रोशनी से हम तमाम तो के सर गए आप अपना जैसे नवनीत सुनना चाहते हैं वैसे ही भेजकर खिलवाद भेज कर मौलाना मोरस का

نصير أعوذ بالله أستمِع للعزيز العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللذي أدعنا لهذا ما كنا

للاقديا لولا انا ادعون الله يا قد رسولنا بالحق الصلاه والسلام على سيدنا النبينا وشفيعنا

الذين آمنوا بالله وعلموا باليوم الآخر وقاموا للصلاة

वे होते हैं, वो मुल्केरी प्रभावी हैं, वो मसाइबे हैं, वो शजाते हैं, वो तारते हैं, वो सखावते हैं, वो चलालते हैं, वो विलायते हैं, वो आज़मते हैं, वो आतशे मजमाइल मिलेना आज़े ही इलाह त्यामे यो मिदील

ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى سورة القران الوجيد والقران العميد وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم

अस्तित्ल सलवा भे बाबा

कर्म है हजराते चारगासूमिन सलासूसी सदता है शहजादी सौ नैन

ते जनाजे जना सिद्धिका

मजलिस अगर अजब है शमरे मजलिस हुसैन के इधर जिक्र हुसैन की शमा रोशन हुई परवाने दौड़े चलो मगर ये वो परवाने हैं जो इस क्षमा ऐसी जलते नहीं जला पाते हैं

का कर्ज महसूस करते हो आ? तो बिना तकल्लुक के दोनों

की तरफ जाता है पानी दरियाए मब्जत की रवानी बस्ती से बुलंदी की तरफ जाता है पानी एक बेसर मजलूम की नुसरत के सहारे

मजलिस अपनी कामत के हिसाब से पढ़ूंगा मगर मजलिस का मेरे भाई मौलाना दिख्या की तरह होगा। लेकिन तवज्जो मरकूज रहे बिल्कुल पलके न झपके मैंने आपके खिदमत में जिन फित नूर आदमिया

मेरे बंदे मुझसे दुआ कर हो सकता है आपके जहन में आए के ये क्या आपने मौजूद छेड़ दिया दुआ अरे इसमें तो नींद आने लगती है तो याद रखिएगा मौजू कोई भी हो अगर फसायले इन्हें बैग की तरी न हो तो गले में फंसता

आ मुझसे दुहा कर मुझसे मान मेरी बारगाह में आ दामा ने दिल फैला कश तलब बढ़ा गंभीर तमन्ना दराज कर आ मेरी सरकार में आ आ मेरी जनाब में आ आ मेरी बारगाह में आ मुझसे मान मुझसे सवाल कर अच्छा दिल निकला है

उजाले उजाल फैल है फैलाने

खिल जाए पूरी दुनिया में होती है। आगा। आगा। अपनी हिम्मतों को पहचानिए अपनी दुनिया को पहचानिए अपने विचार को पहचानिए आदमी जब मेरा बंदा नहीं बंदा हो के पूरी जिंदगी में एक रात सोता है तो मुझे कहा नींद आएगी मुझे तरह आएगी तो दिन हो

आजा, रात हो सवेरा हो, हो, जा, जा। तो हो, दोपहर हो, रात का पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा पिछला हिस्सा कोई सबी किसी नमें आना चाहे तू आ, मैं सुनने को तैयार हूँ मेरे बंदे आप मुझसे दुआ कर, मेरे बंदे मुझसे दुआ कर, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नदी

आगा। आगा। पसंदीदा तरीन अमल है दुआ मैंने दुआ का रखा क्यों है जब आप मंजिल पर पहुंचेंगे तो चले गए इन गुलशन हो जाएंगे हाँ सुबह अल्लाह इसका मतलब अल्लाह के नजदीक पसंदीदा तरीन अमल क्या है दुआ उसे सबसे ज्यादा जो अमल पसंद है वो क्या है

अब ये दुआ कितना अहम है फरमाते हैं कि दुआ इतनी अहम है कि अगर कोई रात रात भर नमाजे पढ़ता रहे आग। आग। और हाथ न तो वो फरिश्तों से कहता है इसकी नमाजे इसके मुंह पर मार दे मेरी तरफ देखिएगा की नमाजे इसके मुंह पर क्या सुधाम जुले

या अल्लाह सुभान अल्लाह इसकी बात है इसके वबमा का इसका मतलब ऐसे नवाबी भी

दुआ करे बंदे के साथ एक मजबूरी है क्या गैरत है जौहर बशर गैरत है कमाल बशर गैरत है बशर कैसे अगर गैरत कीमत बशर ना होती तो तूले तारीफ में बिकने वाला हर इंसान एक ही कीमत में बिकता

मुख्तलि कीमतों पे पिकना बताता है जिसकी जैसी गैरत तो मतलब है जब जावरे बसर है ताजे सड़े बसर है तो गैरत के कुछ तक है देखे बैठे पलके ना झपके ये दुनिया एक साइकिल है चेन है यू चलती है किसी के हालात यकसा नहीं होते

कभी नर्द कभी गर्म कभी अच्छे कभी बुरे कभी उन्नीस कभी बीस जरूरतों की जंजीर जगौती सबको है जरूरतों के दर्दन में हर कोई है, जरूरतों के का कैदी हर कोई होता भाँ। भाँ। है, कितनी है चिंता बड़ी जरूरत

घेरा सब झुका के बैठे दिन दिन फितरत है ये में रहे सोचने लगे कहां जाए किसके पास जाए किससे कहे सोचते सोचते हमने सोचा चलो मुमरा चलते हैं इतने हैं सब चाहने वाले हैं किसी से भी अपनी बात कह देंगे लखनऊ से चले मुमरा आए आपके दरवाजे पर पहुंचे आपसे मुलाकात हुई आपने मेहमान खाना खोला आइए तशरीफ गाइए

की और उसके बाद चूके मेजबान शरीफ हैं आप इसलिए खुद ही पूछा, आगा! आगा! भाँगा! भाँगा! भाँगा। तो तो तो पूछा कैसे आना हुआ ओ होल किस मोर पर आए हो चलो मौला मदद करेंगे कैसे आना हुआ चूंकि शरीफ मेजबान है इसलिए पूछा कैसे आना हुआ मेजबान शरीफ ना हो तो पूछता है कब जाना होगा

अब तो हमें माहौल भी बनाने की जरूरत नहीं थी आपने पूछ ही लिया था इससे पहले के हाथ फैलाते, आखिरी सब तक की तरफ इससे पहले के हाथ फैलाते, अंदर से बहुत समय में

आगे हाथ फैलाना यही मामूली बात है पता नहीं क्या सोचे ये हमारे बारे में पता नहीं क्या समझेगा हमारे बारे में इससे पहले के हाथ फैलाते अंदर से गई चीखी खबरदार हाथ न फैलाना क्यों कि मांगने से इज्जत नीलाम हो जाती है विश्वास हमने बात बदल दी यो ही आए थे घर पलट के गए बच्चों ने पूछा क्या रहा हमने कहा न पूछो

गए तो थे बड़ी हिम्मत करके मगर गैरत ने मांग दिया गैरत तो क्या?

भी पैदा पैदा किया किया तूने को कहती कहती है है है है है है नहीं नहीं तू तू कहता कहता मेरे मेरे बंदे बंदे से तो हो हो जाती जाती अपने

लेके इनकी इज्जतें कैसे क्या इस तरह मैंने इन्हें पैदा किया है मैं इनकी आदतें जानता हूँ इनकी हफरते जानता हूँ इनकी नीयतें जानता हूँ इनकी तबीयतें जानता हूँ इनकी जिम्मेतें

मगर जब जरूरत तो किसी न किसी के आगे का हम फैलाएगा यदि मांगेगा हो सकता है वो कुछ दे दे मगर जलील करेगा इसी समाज में आप भी रहते हैं इसी समाज में हम भी

है दो दो तो जितना सिमट सकते हो बस एक ही दफा में सिमट आए आप तो उसके मानने वाले हैं जो पहले तो कुरान से तो नुक्ता

तो है, का दामन छोटा थोड़ी है पूरी दुनिया चाहे तो अपने दामन में ले ले। आ, तो बस कौन क्यों रखिएगा या वो आता करके जलील नहीं करता पहले

वो भी जलील नहीं करता क्या अल्लाह ये भी जलील नहीं, नहीं करते अब आप कौन सी जबान बोलते हैं उर्दू दुनिया की कोई जबान हो अब है कि आप इंटीरियर में चले जाए इस तरह की याफ्ता दौ में भी जहां लाइट ना हो आगा। आगा�

ना ना। वहाँ जो जबान बोलनी जाती है उसका भी एक अदब होता है जार, जार, जार, जार, जार, जार। देशार, जार। देशार होता है, गांव वाले को भी पता होता है इज़्ज़तदार के लिए कौन सा लफ्ज है के लिए कौन सा है, जबान कोई भी हो हर जबान का एक अदब होता है दस क्या कर रहा हूँ

का कमान क्या कर हमेशा के बसियों को देख? <स्यारी <दुछा। स्यारीग>

बगैर तो पसमंजर के हम कोई लफ्ज नहीं बोलते लेकिन ऐसा होता है सुबह से शाम तक हम जाने कितनी लफ्जे बोलते हैं जिनके माना से और पसमंजर से वापिस नहीं होते

के के तो उन्हीं करीब होने वाले आ, दाना। दाना। एक लफ्ज खुशी भाई जताना, जटाना आपको तो शायद है याराजी वो बाबा सभी तशीफ तो फरमा ओ बाबा सफेद एक लफ्ज जताना, तो हमारी लगत में दो तो लफ्जे एक है जलील करना आ,

करना तो छोड़िए ये जताते नहीं उसके बाद के। गा गा। जलील करना तो बड़ी बात ये जताते भी नहीं दलील जताना कहते किसे

हर इलाके में कोई ना कोई शरीफ सखी होता है देशा, देशा, तो भाई, कोई ना कोई शरीफ सखी हर इलाके में खुला होता है तो लेकिन उसकी तरफ से उसे तकलीफ मिलती रहे तो चूंकि शरीफ है जलील तो नहीं करेगा लेकिन जताएगा धरम जलील तो नहीं करेगा जताए

पकड़ेगा नहीं आप माइक से ऐलान नहीं करेगा कहीं चलते फिरते आप मिल गए धीरे से आगे बढ़ेगा आपका बाजू पकड़ेगा कोने में लाएगा कानों के करीब आके आजकल मेरे खिलाफ बड़ी उड़ाने भर रहे हैं क्या भूल गए वो बात क्या भूल गए वो बात ये तो इसलिए

बाल्टी हो आगा। आगा। तो एक लीटर पानी पता ही नहीं चलेगा मालूम बराजर चाहिए गेशा, गेशा। आग बास का चुल्लू कितना बड़ा था

अपनी विदाई गरम के साय में रखे हैं आपको और सफर नाजुक है चाह रहा हूं। तो अल्लाह चाहता है बंदा दुआ तो, दुआ तो करें मगर पहले ये तो पता चले दुआ कहते किसे हैं कि ये तो पता चले की

कहते किसे हैं। से पूछा मुल्क के लगात के शहरियों से पूछा ओहो ओ ओपे कहते हैं तो उन्होंने फरमाया असल में

दुआ कहते हैं बातचीत को क्या क्या कहते हैं? दुआ कहते हैं आज के बाद जब दुआ मांगिएगा ना तो कैफियत अलग होगी इन दुआ कहते हैं बातचीत को यानी अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे आ मुझसे बातें कर मेरे बंदे आ मुझसे बातें कर

तो दुआ बातचीत को कहते हैं इसकी दलील क्या है का दलील ये है अभी आपने मकर पढ़ी होगी दूसरी रकात में जब रका होल्ला पढ़ के आप रुकू में जाने लगे होंगे तो शरीयत ने कहा भी सीधे खड़े रहो रहोगिया तो क्या करें का हाथ फैलाओ आप फैला दिए थोड़ा और ऊपर यहाँ का नहीं और यहाँ

तो मेरे ही है चाहे यहाँ फैले चाहे यहाँ फैले शरीयत ने कहा नहीं इतनी ऊंचाई तक हाथों को ले जा कि साबित हो जाए ये हाथ दुनिया के सामने नहीं है

फैला है फिर आपने पढ़ा क्या बिस्मिल्लामान इब्राहिम चाह रहा हूं बिस्मल रमान इब्राहिम रब बना फिर ली वले वाले दोहराइए कले में रब बना फिर ली वले वाले दैया वले वाले

की बात देखी अल्लाह ने नमाज में मोमिन के लिए दुआ करवाई है मुस्लिम

नमाज मोमिन की मेरा सुहासला मोमिन अल्लाह का नमाज उसके लिए महाराज बनाऊंगा जो, जो मोमिन होगा क्यों तो का इसलिए मोमिन के लिए मैराज बनाऊंगा कि अमीरु वो अमीरुल के कोई अमीन

साइबों सफे की किताब लिखी जा सकती है अच्छा तो अब आपने उससे क्या कहा फिर से सुना दीजिए हमें अब अपनी ठीक कर लेंगे आपको सुनके। वलिल, या अल्लाह हमें बख्श दे हमारे माँ बाप को बख्श दे हमारे

मोमिन भाइयों को बख्श दे मुझे बख्श दे मेरे माँ बाप को अब वो नमाज से दूरी इख्तियार करे जो ये न चाहता हो कि माँ बाप बख्शू

आगेंगे जो सामने

जब तो तो तो आप अल्लाह से कह रहे हैं जहां बंदा अल्लाह से इतना करीब हो जाए कि उससे बातें करने लगे उसी को लुगत शरीयत में महराज कहते हैं इसलिए नमाज है मोमिन की तो अब इसको कहा क्या गया दुआए।

तो दुआ आया ना इसका मतलब दुआ दुआ कहते हैं बातचीत को बात हो गई किसे कहते हैं तो कह मेरे बंदे आ क्या अल्लाह मुझसे हम और बॉलो साफ फिर हम लोग खिलाफ सहलो रहे एक साथ

जनाब मौलाना सैद मोहम्मद जाफर साहब खुद खुदा उनकी सब को तो मुरानी करे याद है मौलाना जब हम लोग उनके ऑफिस में जाते थे तो लफ्ज़ों का इंतजाम करते थे कि तो जनाब से बात करनी है ऐसा आ, तो आ, हो। आ, आ, ना हो पैसा ऐसा जनाब से बात करने के लिए तो होना ढूंढिए

हाँ समस्या जैसा क्या ये क्या बातें कर? बंदा बातें कर

का है कि खानदानी लोग जानते हैं एक मुकम्मल तहजीब है है बच्चों को सिखाया जाता है। बेटे ऐसे नहीं ऐसे बोलो आ, ऐसे नहीं ऐसे बोलो आ, ऐसे नहीं ऐसे बोलो बड़े शहर ऐसी छोटे से ऐसी भाई बंगस का बच्चा है तो उतनी जबान है जो भी बोलेगा मीठा ही लगेगा गड़वा दौड़ी लगेगा

क्यों ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे नहीं आएसे बोलो, आएसे नहीं आएसे बोलो। तुम, से ना करना अगर अगर तुम भी बिठा देगा मीठा ही लगेगा, लगेगा इसे बात

पिछले तो दो तो साल से ऐसी लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला चल भी रहा है तो आप जानते हैं हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं पापा अकेले में जीत हैं क्या आवाज तो बहुत से लोगों की आती है अगर कैमरे वाले हमारी बात समझ गए हो तो हमारा जी चाहता है कभी इन लोगों को भी देखे

क्या हुआ दुआ किसे कहते हैं अब इतनी जल्दी ना भूलिए बातचीत करने को तो अल्लाह कहता है आओ मुझसे बातें करो। ये एक मुकम्मल शोबा तहजीब है हमारे पास लफ्जे कहा लहजा कहा अंदाज हम तो उससे बातें करें

खुद आए मोहम्मद हम उससे कैसे बातें तो, करें लिहाजा बशरियत के सामने दो मजबूरिया है पहली मजबूरी यह है की दोहात कैसे करे दूसरी मजबूरी यह है की दोहात कैसी करे मेहनत यही तक के लिए दोहा

कैसे करें और दुआ कैसी करें अब ये उसके कर्म और अदल का तकाजा है कि अगर उसने हुक्म में दुआ दिया है तो या तो फितरत बशर में

तो आती अब करे दाए दाए दाए दाए। या फिर ऐसे लोगों को भेजे जो हमें दुआ करना सिखाए बाबू क्या इंतजाम है आवाजें कुदरत आई शायद तुझे मेरे कर्म का अंदाजा नहीं

इसीलिए मैंने प्यास को बाद में बनाया पानी को पहले भूख बाद में बनाई रिजा पहले मुसाफिर बाद में बनाए रस्ते पहले पूछने वाले बाद में बनाए बताने वाले दलील क्या है तब दलील ये है की आदमी बाद में बनाए

जनाबे आदम को पहले ताकि पूछने वाला बाद में आए आ, फिसो, फिसो, फिसो। आ, आ, आ, बताने वाला पहले तो मबूद क्या इंतजाम है क्या मैंने इसीलिए तो सिलसिला अम्बिया को कायम किया ताकि ये बताएं कि दुआ कैसे करो दुआ कैसी करो इसका मतलब अब अम्बिया बताएंगे

दुआ, तो दुआ, सब तक, कैसे तो करो, तो मेरी वहीं से हाथ उठा दीजिए तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप तक मैं पहुंच रहा हूं, मेरी शहजादी जगा दे और सलामत रखें, दुआ तो कैसे करो दुआ आप कैसी करो ये कौन बताएगा हम भैया हमें कह लगे पाके ना देखिए

यह किताबे दुहाए इंडिया बोलिए बिस्मिल्ला यह पहला वर्ग यह पहली दुआ यह पहला लगी पहली दुआ

सैन सलाम की माँ अपनी ने, ने पाक की गर्दी गर्द पर झाड़े तो बात आप तक तो पहुँचाऊ पहला वर्त पहली दुआ पहला नबी नबी का नाम आदम अल्लाह ने आदम और हमारा को बनाया तो कहा रखा मुमरा में हंस के हटा दिएगा पानी का मुमरा में कहा भेजेंगे कैसी बात कर रहे हैं

तो कहा जन्नत में तो फिर आप दुनिया में क्यों होन्नतुनिया में चन्नत से निकाले गए थे जन्नत से निकाले गए थे आदम और अगुआ दोनों दो तो तब ये दोनों निकाले गए तो कहां उतरे कैसी कह धरती पर उतारे गए मगर एक अजीत बात थी आदम को सही उतारा अगुआ को कहीं उतारा

वे भी सदी परदेशी बैठे हैं ना वे भी सदी परदेशी बैठे हैं उन्होंने परदेश को वतन बनाया कहते हो शैलो वाले जीवते ये जहां

ये चला जाए परदेश सन्नाटे डस्ते होता है कि तो कोई गया है पूरी दुनिया की कुल आबादी दो लोगों की मुझे बात चाहिए थी पूरी दुनिया की आबादी कौन कहा

दो लोगों की वो एक साथ नहीं आगा। आगा। आगा। कहीं होगा कहीं सोचिए तन्हाइया क्या होगी क्या होगी वहशतें क्या होगी उलझने क्या होगी तारीख कहती है क्या लगे

मिली आप देख रहे हैं मैं किसका आलता फुखता हूँ पर्दा डाल दिया जाए तो आप कहेंगे कोई और बोल रहा है अल्लाह ने मेरे वजूद में सिर्फ आवाज रखी है की तो सलामती के लिए

बुलंद ऐसे ही ऐसे ही तरह था, था, था। तो, कब मिली कौन कौन नाम लीजिए इतनी तेज नाम लीजिए

के परे जब्रैल आवाजे पर आवाजें सवार हो दरवाज़े नजर पर पहुंचे मोहम्मद अली मोहम्मदी जगह कई के नाम लोग मोहम्मद अली

आते क्यों का इसलिए कि ये मुझे पसंद है कहने मोहम्मद उसे पसंद अली उसे पसंद

सड़क सड़के सफर करने वाला एक मुनहनी से बदन वाला सवाल हम जिंदा जावे कब आते अगुआ मिली नसी चली दो बेटे आबिर और जनाबे तो हम अखियाल दोनों सगे ही भाई थे

जात बात कर रहे अभी है कौन इंतहा यह है कि माँ भी एक है दोनों की इसका मतलब मा जाए भी हैं कहाँ तो दोनों नबी के बेटे कहाँ मगर इनमें एक कतिल निकल गया दूसरा मखतूब एक जालिम दूसरा मजदूर जब कत्ल कर दिया तो आदम रोए मेरी तरफ देखिएगा

नौहा लिखा, लिखा, मरसिया और पहा, रोए रोए? रोए? किस पर रोए? बेटे पर। बेटे क्यों का उसे काबिल ने कत्ल कर दिया था कत्ल का मतलब का शहीद कर दिया था तो आदम शहीद बेटे पे रोए तो क्या आदम निजान के शहीद जिंदा होता है

है। अरे भाई क्या ने क्या? आदम आदमी जानते तो शहीद जिंदा होता है तो फिर क्यों रो रहे जिंदा पर रो रहे शहीद पर आदम न न लौके न लौके न ने के बता दिया शहीद पर होना आदमी होने की दलील है

ने ने हाथ उठाए, देखिएगा कैसी दुआ करे। मेरा वो बेटा जो दीन के काम आने वाला था, उसे काबिल मार डाला। लिहाजा एक ऐसा बेटा दे दे, जो मेरे बाप तेरे दीन के काम आए। ये नहीं कह रहा है, ऐसा बेटा दे, जो बुढ़ापे में कमा के खिलाए कर रहा हूँ आदम कह रहे

आदम बता रहे दीन के लिए मांगोगे तो सबका हक पहचाना ऐसा बेटा दे जो तो मेरे बाद दीन के काम आए ये तारीख दुआ की पहली दुआ जितनी ताकत है मेरे वजूद में समेट रहा हूं तारीख दुआ की पहली दुआ दुआए आदम ऐसा बेटा दे जो मेरे बाद दीन के काम आए दूसरी दुआ दुआए मूसा बिस्मिल्लामान रही सदरी

है ना को तो पड़ते मेरे सीने को कुछ आदा कर मेरी ज़बान की को खोल दे मेरे भाई आलूम को मेरा मेरा जान देख ताकि मेरी में तेरे दिन के काम आए आदमे तो का बेटा दे दे का के काम आए मूसाने का भाई दे, दे दे, का दे, का दे का

दुआ दुआए मूसा जैसे दुआ दुआए आदम, वैसे यह दुआ और भी है, दुआ दुआए मोहम्मद

दीन के काम है मूसा ने क्या कहा ऐसा भाई दे जो दिन के काम है मोहम्मद ने क्या कहा ऐसा भाई दे तो दिन का काम है इसका मतलब जब कोई मासूम उससे किसी को मांगता है तो अपने लिए, लिए। अपने लिए नहीं दीन के लिए अपने लिए नहीं अपने लिए दिन के लिए मांगता है तो ऐसा ही है दुनिया में

जैसे दुआ मूसा जैसे

तो लोग कहते वो बीच रहा हमें इम्तिहान छोड़ गया सकी सकीना, तो लोग कह देते वो बीच रहा हमें इम्तिहान छोड़ गया हमेशम आलम हमेश शुमार आलम की खाने हमेश

दादा खान है वो अपने पीछे है आहा। बड़ा कामदार

के चले चाला के शोत की चमक आती है बसला इस कारा को बुझाता है लो इस को आ दो को

भगवानों तो ने बनी राश उनका मातम नफा कियाका मातम जिनका मातम न करने दिया गया नै नवा को मेहमान

या गया था और ऐलान हो रहा था जिसका बच्चा हो आगे ले जाए अपना नेता बच्चा मगर तड़प रहा था रो तो तो रह रहा था सारा मजमा उसे चढ़लाने पर लगा था किसी ने तमाशा

क्या नेता पूछोग ना क्या पूछना चाहती हो तो भैया इतना बता दो प्यास की हालतें क्या क्या होती है सजा तो नेता न सुन सकी मैं कह नहीं भैया सुनाओ आवाज भी सुनो सकी मैं प्यास की पहली हालत वो होती है

जब इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता जिधर से है धरा नजर आता है जकीा रेरी आजो सोछा फिर भाई को देख के क्या भैया प्रयास की दूसरी अलग कौन सी होती है सज्जात में कब

porque da ah

के के के के कि एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन साल है है है इसका नाम मोहम्मद साहब साहब साहब साहब पर इन का है 504 से के के से हाजिर मैं हूं अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो

गुजारिश कर रहा हूँ

कराई जा, जा, जा, जा रही है जिनमें सबसे पहला ताबूत जरा

तज़रे शहबादी ने करबला के मक्स ने रो दिया शूरा उस वक्त आमादाई जन किया कि जब हुसैन के असार अंसार जामी शहादत नोश फरमाकर सभी करबला के सो गए तो कैक मरतबा दीदी ने

अपने शहजादों को अपने पर बुलाया और बुलाने के बाद कहा मेरे लाडुलो सब रिश्ते सभी है पदम्बर है मैदान में जाए हैं मेरे लाडुलो मैंने तुम्हें अकबर का सबका हो पारा हूं और मेरे उन्होंने हमने गांव और अपनी राम को सभी पलंबर का कुर्बान कर दो

शबीत काबू है और मोहम्मद महजाज में आए आने के बाद खून जंग ले ली लड़ते लड़ते खुराब के करीब पहुंचे एक मरतबा बिखरी हुई भागत सिंह की सर साफ की आवाज बुलंद हुई अगले जाते यार तो तो है। ये अब्दास के बाद यह है यह बड़ी हाश